राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भोपाल में 8 जनवरी को 21 मांगों के साथ जन आंदोलन करने जा रही है जिसको लेकर वे हर जिले में संपर्क कर रैली में शामिल होने के लिए समर्थन मांग रहे हैं राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह सिंगरौली पहुंचे, जहां उनका अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली पहुँचे राजपूत कर्णी सेना की स्वाभिमान बचाव यात्रा निगाही से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गो ऐसी गुजरी जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया राष्ट्रीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह का अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के ब्राह्मण नेताओं ने स्वागत किया इस मौके पर ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कहा कि हम राजपूत समाज के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के हित में साथ खड़े है सामान्य वर्ग के हित में जो भी कार्य राजपूत समाज करेगा हम लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे करनी सेना यह अखिल भारतीय प्रामण एकता परिषद के लिए आज हम सभी उनके माल्यार्पण और स्वागत के लिए करते हुए हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में परमाणी रूपेश पांडेय जी देवेश पांडेय जी नगर निगम अध्यक्ष अश्वनी तिवारी जी विनोद चौबे जी हमारे बड़े भैया विश्व द्विवेदी जी पंकज पांडे और हमारे एकता परिषद के सभी युवा टीम के साथियों ने उनका में स्वागत किया समाज के द्वारा राष्ट्रीय तरह सेना के प्रदेश अध्यक्ष का आज हमारे सिंगरौली में उनका आगमन हुआ और एक रैली के माध्यम से उनके द्वारा मैं जो इनका भोपाल में महासम्मेलन है उसके संदेश के लिए अपने जिले सिंगरौली में मुख्यालय आज आने की हुई हम सभी प्रावर समाज के लोग पदाधिकारी आदरणीय हमारे बड़े बड़ी भूपेश पादेव जी हैं हमारे आदरणीय प्रमो भैया हैं विनोद जी आदरणीय द्विवेदी जी सभी लोग हमारे जो एक ब्राह्मण समाज बैनर आप देख रहे होंगे उसके बैनर तले हम सभी लोग उनका छत्रीय समाज के लोगों का स्वागत या यह एक संदेश है कि सब समाज हम सब सम लोग मिलकर के और एक दूसरे का सम्मान की सभी लोग सम्मान रखें एक दूसरे जातियों का जैसा कि पहले से रहा कि भारतीय संस्कृति हमारी और शिवरौली की संस्कृति रही कि तो सभी जाति हम सब लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं एक सद्भाव का परिचय हम सभी को यहाँ पर देने का काम किया समाज ने हमेशा से सौर कल्याण की बात किया सभी के कल्याण की आज जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का हमारे मीठांचल की धरा पर आगमन हुआ हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर के पहले समस्त करणी सेना के पदाधिकारियों का उनके सदस्यों का मुँह मीठा करा करके माल्यार्पण के साथ फूल बक्षा करके स्वागत किया गया इस मौके पर हमारे नगरपालिका पालिक निगम सिंह की ऊर्जा अध्यक्ष आदरणीय दिवेश पांडे जी और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष पंडित प्रवीण शुक्ला जी हमारे सुनी तिवारी जी से लेकर के हमारे विनोद चौबे जी सभी प्रमुख पदाधिकारी और युवा परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष राजेश दुबे जी सभी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया निश्चित रूप से हमारे समाज के द्वारा ये अनुकरणीय काम समय समय पर हमेशा किया जाता है और दो कदम बढ़कर के हम सब लोगों ने स्वागत किया बहुत अच्छा लगा और समय समय पर राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रीय कल्याण के लिए सर्व कल्याण के लिए हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और ब्राह्मण समाज सिंगरौली में समय समय पर काम करता आया है आगे भी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते है सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके